के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि पूछो मत अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बच्चा टैक्सी में बैठ के बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था तो उसके बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारी चॉकलेट खाने से तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं तो फिर उस बच्चे ने क्या कहा पता है उस बच्चे ने कहा कि क्या आपको पता है कि मेरे दादाजी एक सौ साल तक जिए थे तो उस आदमी ने कहा क्यों क्योंकि वो चॉकलेट खाते थे तो फिर उस बच्चे ने कहा कि नहीं क्योंकि वो अपने काम से काम रखते थे अब आप समझ ही गए होंगे गाइस। क्या आपने भी ऐसे स्मार्ट किड्स अपने आस देखे हैं चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर